जनवरी से 11 फरवरी तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए भोपाल को फिर से सजाया जा रहा है इससे पहले स्वच्छता सर्वे के लिए भोपाल का रंग किया गया था यह सजावट वीआईपी रोड से लेकर एयरपोर्ट तक शहर के प्रमुख स्थानों पर देखी जा सकती है बीस जनवरी से 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जनवरी को शौर्य स्मारक से इसका थीम सॉन्ग लॉन्च किया था भोपाल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए शानदार तरीके ऐसी सजाया जा रहा है इसके दस महीने पहले भोपाल को स्वच्छता सर्वे के लिए